दोस्तों मोगरा के पौधे में देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है हर इसकी ब्रांच से जितनी है कलियां निकल निकलनी हैं देखिए मोगरा का पौधा जो है गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है अगर इसकी केयर अच्छे से की जाए तो इसमें जो आप फ्लावरिंग अच्छी ले सकते हैं देखिए हर ब्रांच से कितनी सारी बर्ड नि निकलनी है और फूल भी अच्छे हो रहे हैं मोगरा का पौधा बहुत जो इसके फूलों से खुशबू आती है बहुत अच्छी खुशबू आती है आपके गार्डन में अगर एक पौधा लगाओगा तो आपका गार्डन जो है खुशबू से महक उठेगा तो इसकी जो मैं आपको फ्लावरिंग के लिए जो टिप बता रहा हूँ जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है वो ये है देखिए ये फ्री की चीज़ है आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है ये आपके घर में उपलब्ध है ये है यूज्ड की हुई चाय पत्ती चाय पत्ती और अदरक अगर आप यूज़ करते हैं इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोटेशियम और कैल्शियम और जितने प्रकार के इसमें माइक्रो न्यूट्रियस पाए जाते हैं वो होते हैं और यूज की हुई चाय पत्ती को अगर आप मोगरा के पौधे में अगर इस तरीके से देंगे तो इसमें अब आप, आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकेंगे